ऐसे भाई आप लोग आप लोगों का स्वागत है में चुप कर कुत्ते है तो भाई आज मैं ऐसा खुरा पाती दिमाग चल रहा है मेरा कि आज मैं कुछ ना कुछ तो करके ही रहूंगा चलो भाई देखो मैं क्या करता हूँ तो गायस ये देखिए चाय की केसली और मैं में आज क्या सोच रहा हूँ आपको मेरे बताइए मैं क्या करने जा रहा हूँ इन छोटे मोटे प्रोग्रामो ऐसी कितना कमा लेते हो तो गाय में आज ऐसी स्टेशन पे चाय बेचना चालू कर रहा हूँ तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राफ है गजब बेच है क्योंकि मैं चाय बेच बेच के बनूंगा नरेंद्र मोदी इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास मैं भी नरेंद्र मोदी की तरह स्टेशन पे चाय बेचूंगा क्या सोच है नरेंद्र मोदी बनूंगा तब तक आप लोग लाइक फॉलो करिए जब तक मैं नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता मिल बेटा तुमसे ना हो पाएगा गजब बेचती है